चलो अपुन क्या बहुत पट गयी है यहाँ पर राउंड हो गए तीन उनके अपुन के दो मतलब अपुन को कुछ समझ में आ नहीं आ रहा ये देखो क्या चले खा के आएगा मतलब क्या बोल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैं, मैं कुछ बातें करते जा रहा हूँ बात नहीं आप ना टेंशन इसके है। इसकी बात बच गया, बाज गया एक बोछ बोछ लग जाती नहीं। इसका तो मतलब क्या बोलू मैं सारा दिन काम खत्म कर देता मैं भाई कोई बात नहीं आपको बताया फ्री फायर खिलाड़ी होगा मतलब फ्री फायर गेम के अंदर आपने प्रो एक चढ़ गया और अंदर घुस चुका ये देखो कैसे फायर कर बंदा चुका है मेरे को ऐसा लग रहा है लग तो वाला कर रहा। दो बंदे वहाँ पर आप जा सकते जाएगा अभी नहीं आएगा घंटे वालों में नहीं है घंटे बजा के ऑफलाइन जा चुका है और यहाँ पर कर रहा है रहा। नखरेबाजी पर कोई बात नहीं करने दो यार भाई लोग आपको पता है ना आप उनके खेलता है नहीं पता है आपको तो मत पत, मतलब क्या बोले है, बोलना ही है नहीं हो जाएगी मुन्ना रानी दिखाई नहीं दिख रहा मेरे को, को मारा मत, मतलब नहीं लग रहा मेरे को भी मारा है कोई बात नहीं मैंने इसको हेड शॉर्ट मारा बढ़िया एकदम बढ़िया मतलब क्या क्या ही बोलू है तो खो इनकी माता उनको दो की इनकी माता बोझ रहा है इनकी कोई बात नहीं आप करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोन ले लिए मतलब क्या बोल रहे हैं कुछ मी...